आज मैंने कंटे ले मैं से लेके आई हूँ मेरे घर से मौसम बरसात हो गई थी तो बरसात से मैंने का भी गाड़ी बोलने वीडियो बनाया है आप घूमने के लिए और उन्हें इतना अच्छा लगा कि नहीं कहीं मैं करके आप लोग बनाएं तो आप लोग लेकर घूमें और इतना आमिर और आमिर महिला ईमान सिंह गौरा सारे जिला है यहाँ पर जो सुंदर लगता था यहाँ का भी जा, तो यहाँ पर और यह या पहाड़ी इलाका है जो और ज्यादा लोग आता है और तो मैं आपको वो सारी लेके जा रही हूँ देखिए कितना सुंदर है और ये देखिए आप देखते रहेंगे पर पूरी मतलब पूरा वहाँ के रस्ते का सारा कुछ लिया हुआ है आप देखेंगे मिल जाए थी हिल था जन्म के पड़े भी जन्म घाटी है देखिए